मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे लेख मासा घटे न तिल बधे यानी कोई भी परिवर्तन आपके सुख या दुख में ना कोई निमन कर सकते ना उसको बढ़ा सकते कौन परमेश्वर कबीर जी को छोड़कर परम अक्सर ब्रह्म के अतिरिक्त तो जब तक हमें सत्साधना नहीं मिलती परमेश्वर की सर नहीं मिलती तो हम अपना प्रार्थी प्राप्त कर रहे होते हैं अब मान लीजिए कोई ये सोचे कि मैंने एक कार खरीद दी कोठी बना दी दस एकड़ जमीन और मोल लेकर बच्चों को दे दिया ये आपका चाह नहीं आपके संस्कार में पूर्व निर्धारित था अब प्राणी का चाह कुछ नहीं हुआ जो भी आपका पूर्व संस्कार था वो फल रहा है जैसे किसी बालकों की शादी होती है विवाह होता है तो विवाह होते ही प्रत्येक व्यक्ति का एक ऐसा ट्रेंड है ऐसी सोच है कि भगवान पुत्र दे अब सभी की इच्छा थी कि बालक होगा पुत्र होगा लेकिन पुत्री होगी फिर दूसरी बार सोचा परमात्मा अब के तो पुत्र दे दूसरी भी पुत्री होगी फिर तीसरा जब गर्भरा तो सबने सुकर मनाए, ना जाने कितने देव देवताओं के जाके प्रार्थनाएं की जिसने भी जंतर मंतर किया दुआई भी ले ली फिर भी बेटी होगी और चौथी भी बेटी होगी पांचवी भी बेटी होगी भले आदमी आपका चाया हुआ नहीं आपका किया हुआ नहीं ये तो वो हुआ जो तेरे किस्मत में लिखा हुआ था पूर्व निर्धारित था और आज वो अनजान पने में कह रहा है कि दो बेटे दो बेटी होगी सबकी ब्याह शादी कर दी सबका पुत्र पुत्री होगी और हमारा जीवन सफल हो गया अरे भले व्यक्ति जो तूने करना था वो तो स्टार्ट भी ना करो तो पिछली मड़ाई खाली और पल्ला जाट दिया बैटरी डिस्चार्ज होगी अब एक कदम काम बिगड़ जाएगा सारा फिर गधे की यो नीम जाओग पुण्यात्मा सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आ सकता है जिस पर विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी की होती है अन्यथा सत्संग में नहीं आ सकता इस पृथ्वी के ऊपर कितनी संख्या है मानव की और पूरी संख्या पूरी जनसंख्या के कितने प्रतिशत आप इस भक्ति से जुड़े हो इससे आप विचार कर लेना कि आप कितने पुन कर्मी प्राणी हो चाहे कोई दुख में आया है चाहे कोई सुख में आया है चाहे कोई अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए यहां आया है या कोई परमात्मा पाने के लिए आया है दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी है उनके पिछले पुन जन्म जन्मात्र के शुभ क्रम भगती वाले जो शुभक्रम थे वो बहुत ही पुण्य है बहुत ही अच्छे हैं और जो आज मान लिए किसी के पास धन ज्यादा है पैसे वाला व्यक्ति है वो भी परमात्मा की शरण में आया है और एक बिल्कुल निर्धन आदमी है बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है और वो भी सनग्रहण किए है तो दोनों ही विशेष पुनकर्मी प्राणी हैं, भक्ति सतर के और बाकी रही बात जो पुण्य की किसी के पास कार है कोठी है पैसा है उसने पिछले जन्म में धर्म गना किया हुआ है दान किया हुआ है और जिसके ने ये, जिसको ये भक्ति प्राप्त हुई है और उसके पास धन नहीं है गरीब व्यक्ति है निर्धन है उसने पिछले जन्म में दान नहीं किया केवल दान का डिफरेंस है ये कोई बड़ी बात नहीं बताई परमात्मा ने लेकिन अब अपने सारे ज्ञान न समझ कर प्रॉपरली दान भी करे और नाम भी शमन करे इस बात में याद रखे कि पार होने तो उद्देश्य है अपना सतलोक चलने का उद्देश्य तो है ही है किसी कारण से पैर फिसल भी जावे और ना जाने पाओगे तो कम से कम नेक्स्ट जन्म हो भी गया आपके जब तक ये फिर सतयुग आ कलयुग आएगा तब तक कम से कम रोटी की समस्या तो हल हो ही पाओगी आपको इस कौन से भी आपने दान करना चाहिए और फिर ये 500 यज्ञ भक्ति रूपी फसल में ये खाद और सिंचाई का भी कार्य करती है इस उद्देश्य से भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए अब दान की क्या क्या व्यवस्था है जैसे एक व्यक्ति के पास दो करोड़ रुपए हैं और उसने बीस हजार दान कर दिए बहुत अच्छा दान है कमाल कर दिया और एक व्यक्ति के पास दो हजार रुपये है और उसने पांच सौ दान कर दिए यह उस बीस हजार वाले से ज्यादा दान है उसका तो पुण्यात्मा इस दृष्टिकोण से लेकिन दोनों ही दान करने वाला सच्ची श्रद्धा से और बगैर किसी इच्छा से ही उसके एक तो हम दान करते हैं प्रतिफल की इच्छा करके प्रतिफल के अभी मेरा ये हो जा छोरा नौकरी लग जा लड़का नौकरी लग जाए एक पाठ कराऊं। या भैंस ठीक पैसे हैं बिक एक पाठ कराऊं, और भी कई चीज होती है उसके सौ रुपये दर देता हूं ऐसा काम हो जाए ये तो आपका यही बराबर हो जाएगा जो ऐसे आपने जो डिमांड कर ली मालिक सेर वो दान कर दिया काम आपका होएगा, लेकिन वो दान यही पैरल हो गया आपका इसका आगे कोई बेनिफिट नहीं और एक दान होता है नी इच्छा बगैर किसी मनोकामना के पूर्णा के जो दान किया जाता है वो दोनों फल देता है आपको यहां के सुख जो भी आवश्यकता होगी आपको वो अवश्य प्रभु देगा और उसका पुण्य आपको सत्य यानी आगे चलने वाली कमाई में भी आपको मिलेगा परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला चाहे टूटी घर की छान और ये सुंदर मैल किस काम के जहां बगती नहीं भगवान